आपके लिए हम एक नया वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें आप अब अपने WhatsApp के माध्यम से अपना आधार कार्ड पाँच मिनट के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं तो इसका हम आपको तरीका बताएंगे और डिस्क्रिप्शन में एक WhatsApp नंबर देंगे जो कि भारत सरकार के द्वारा डिजी लॉकर वेरीफाइड है आप उस नंबर को सेव करके अपने WhatsApp से किसी भी प्रकार से पाँच मिनट के अंदर आप अपना आधार कार्ड पा सकते हैं वो भी पी फ़ाइल पर तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं डिजी लॉकर का जो नंबर है वेरीफाइड नंबर वो इस प्रकार से ये है इस पर आप जो है अपने व्हाट्सअप पे इसको सेव करके कॉन्टेक्ट पर आप इस पर व्हाट्सअप पर आइएगा तो ये इस प्रकार से ये नज़र आएगा ये देखिए इस पर आने के बाद आपको यहाँ पर कुछ भी आपको लिख के भेजना जैसे कि मान लीजिए हाई तो वहाँ से एक रिटर्निंग मैसेज आएगा आपको ये देखिए तो यहाँ पे आप देखिए कोविन वैक्सीन सर्विस अगर आपको सर्टिफिकेट वगैरह की जरूरत हो तो आप ये वहाँ से सर्टिफिकेट वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हैं प्लस डिजी लॉकर सर्विस तो अब आपको यहाँ पे डिजी लॉकर सर्विस पे क्लिक करना है जैसे ही आप डिजी लॉकर सर्विस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वेलकम टू डिजी लॉकर सर्विस टू डाउनलोड इशू योर डॉक्यूमेंट Do you have डिजी लॉकर अकाउंट तो अब आपको यहाँ पे अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो यस पे क्लिक करेंगे नहीं बना है तो नो पे क्लिक करके आपको पहले डिजी लॉकर पे अपना अकाउंट बना लेना है तो चलिए हमारा अकाउंट बना हुआ है तो हम इस परस पे, पे क्लिक कर देंगे यस पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते वहाँ पर इस प्रकार से returning message आएगा कि Great, please enter your 12 digit आधार number without any space यानी आपको अपना बारह डिजिट आधार नंबर यहां पे डालना है और कोई स्पेस नहीं देना है तो चलिए हम यहां पे अपना आधार नंबर डाल देते हैं तो आप देख सकते हैं दोस्तों आधार नंबर डालने के बाद ये आपके आधार पे रजिस्टर्ड जो भी मोबाइल नंबर है उस पर एक आपको ओटीपी भेजेगा तो उस ओटीपी को यहां पे आपको फिल करना है तो ये देखिए ओ भी आ गया है अब इसको हम फिल कर देते हैं ओ फिल करने के बाद तीस सेकेंड बाद ये आपको एक पी फ़ाइल सेंड कर देगा आधार की तो आप देख सकते हैं ये अब इसमें ये आपसे पूछ रहा है ड्राइविंग लाइसेंस पैन वेरिफिकेशन रिकॉर्ड या क्या आपको इसमें चाहिए तो तो यहां पे देख सकते हैं आधार पे यहां पे आपको आधार पे क्लिक कर देना है आधार पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं ये आपको एक वहाँ से पी फ़ाइल आधार की एक डिजी लॉकर वेरीफाइड ये आपको भेज देगा तो आप इसको देख लीजिए तो आप देख सकते हैं आपको डिजी लॉकर वेरीफाइड आधार नंबर आपको भेज दिया इसके बाद अदर डॉक्यूमेंट पे अगर आपको चाहिए तो इस पे आधार पे आप डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर सकते हैं या मेन मेनू पे जाना चाहें तो आप मेन मीनू पर भी जा सकते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस पैन कार्ड जो भी आपको चाहिए आप यहाँ से उसको निकाल सकते हैं वो भी वहाँ पर भारत सरकार की एक वेरीफाइड का यह निशान लगा होगा डिजी लॉकर जो कि हर जगह वो पूरी तरीके से पूरे देश में मान्य हैं तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप हमारे टेक टेकबेरी चैनल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद दोस्तों